बत्तीस्टेंटिस्ट मसल क्या लग दूंगा क्यों तम्बाकू है तू तम्बाकू ऐसा मारूंगा सब हजम हो जाएगा क्यों है तू बहुत उंगली उठा ली बेटा अब मेरा हाथ उठेगा क्यों भिखारी है तू आज आठ स्ट्रेचर पे लेटा के ही रहूंगा क्यों कंपाउंडर है तू आज सबके सामने तेरा कचरा करूँ क्यों रद्दी वाला है तू तू तो तो कोई नया क्यों नहीं निकालता साइंटिस्ट हूँ जो सोल्यूशन निकालूंगा अरे मतलब कोई रास्ता निकालो ट्रैफिक अवलदार हूँ जो रास्ता निकालूंगा कोई तो हल ढूँढ के लाना पड़ेगा ना? किसान हूँ जो हल लेके आऊँगा